आसे अनन्नास आसे आना बड़ा ऐसी आग बड़ा ऐसी आग छोटी से इडली छोटी से इडली बड़ी से एक। बड़ी से बड़ी ऐसी छोटा उसे उल्लू छोटा उल्लू, बड़ा उसे ऊन ऊसे ऊन ऐसे ऋषि ऋषि ऐसे इडी ऐसे एनक ऐसे ओसे औखली ऐसे औखली औसे औषधि औसे औषधि अंगूठी अंगूठी।, अंगूठी आहा खाली आहा